पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं जिसके पत्ते भले ही कड़बी हो पर वो छाया हमेशा ठंडी देता है